जहाँ हर दिन है अद्भुत जहाँ हर शाम निराली जहाँ हर दिन है अद्भुत जहाँ हर शाम निराली वो गली है बनारस वाली जहाँ मानस रचा जाता है जहाँ कबीर चादर ओढ़े आता है जहाँ मानस रचा जाता है जहाँ कबीर चादर ओढ़े आता है जहाँ भूत प्रेत सम भोले करे कौ वो गली है बनारस वाली वो गली है बनारस वाली